من नहमद अबूल सलिल्ला रसूलकरीमबाग फ़ौज़िल्लिमिल्हिम अल्लाह हम लोगों को इंसान बनाया इंसान बनाने के लिए इस पूरी कायनात को हम ही लोगों के लिए सजा दी और इस कायनात में हर एक एक चीज़ अपने रब के वजूद की गवाही देती है लेकिन इंसान आज अंधा बनकर अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है इन सब चीज़ों के बारे में देखने की ना ही फ़िक्र करने की कभी कोशिश करता है देखो जब एक इंसान पैदा होता है छोटा सा बच्चा होता है तो वो बच्चा ना ही अपनी माँ को पहचानता ना ही अपने बाप को पहचानता क्यों उसके अंदर समझ नहीं होती है फिर जब वो किसी तरीके से थोड़ी थोड़ी समझ आती है तो वो फिर अपनी माँ को भी पहचानने लगता है फिर माँ को पहचानने के साथ साथ अपने बाप को नहीं पहचानता जबकि वो उसी के ही पानी से पैदा होता है नहीं पहचान पाता फिर वो धीमे धीमे वो बाप आते हैं उसी घर में बार बार वो उस बाप को देखता है उनसे मोहब्बत हो जाती है वो उसे चीज़ दिलाने ले जाता है और उसे उठाता है खिलाता है पिलाता है तो सारी चीज़ें होती हैं तो फिर धीमे धीमे वो अपने बाप को भी पहचानने लगता फिर इसी तरीके से इंसान क्या करता है और आगे आता है उसकी और अकल आगे बढ़ती है तो फिर वो अपने दोस्तों यारों को भी पहचानने लगता जिनके साथ वो खेलता है के पड़ोसियों को भी पहचानने लगता है फिर इसी तरीके से जो भी उसके रिश्तेदार हैं खाला जदाद मामू या और भी कोई भाई बहन उन सब को पहचान लेता है लेकिन नहीं पहचान पाता तो वो अपने रब को नहीं पहचान पाता पूरी ज़िंदगी में उसका रब से कोई उसका इंट्रोडक्शन करवाता ही नहीं है देखो जब इंसान अल्लाह को भूल जाते हैं तो अल्लाह भी क्या करते हैं उस वक्त अपने पैगम्बरों को भेजते हैं नबियों को भेजते हैं नबी जब आते हैं तो वो ये नहीं कहते कि मैं फ़ला का लड़का हूँ या मैं फ़ला का बेटा हूँ बल्कि वो क्या कहते हैं अब्दुल्लह मैं अल्लाह का बंदा हूँ मैं अल्लाह की तरफ़ से आया हूँ और अल्लाह को अल्लाह की बड़ाई बयान करने के लिए आया हूँ वो यही इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ अल्लाह की तरफ़ से भेजा गया हूँ वो ये नहीं करवाते कि मैं इस नस्ल का हूँ मैं इस कौम का हूँ कुछ नहीं वो इन्हीं सब चीज़ों को बतलाते हैं कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ तो इंसान आज इतना क्यों बेकार हो गया है कि वो इन सब चीज़ों के बारे में कभी कोशिश क्यों नहीं करता जानने की कि उसको किसने बनाया है उसको किसने पैदा करा है इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचता कि उसका खालिग क्या है उसका मालिक क्या है उसका मालिक कौन है उसका खालिग कौन है और उसको किसने पैदा किया और उसको कैसे पैदा करा इन सब चीज़ों के बारे में कभी नहीं दिमाग लड़ाता तभी अल्ला तुरान करीब में बार बार उससे कहते हैं कि तुम देखते क्यों नहीं हो तुम देखते क्यों नहीं हो हमने तुमको मिट्टी से बनाया कैसे बनाए मिट्टी से एक गंदे पानी से हमने तुमको बनाया और उस गंदे पानी से हमने तुम्हारी आंखें बनाई टाँगें बनाई दिल बनाया जिगर बनाया यहाँ तक कि पूरा जिसम बनाया तुम जरा देखते क्यों नहीं हो अभी अगर आप किसी साइंसदान के पास जाएँ या कोई जापान की कंपनी के पास जाएँ और उससे कहें कि एक हमारी आंख बना दे जो बेहतरीन से बेहतरीन कंपनी क्या करती हो मतलब गाड़ियाँ बनाती हो लग्जरी से लग्ज़री गाड़ियाँ जापान की कंपनियाँ बनाती हो और उसके पास जाएँ उससे कह दें कि ज़रा सी एक आंख बना दे वो आंख तो बना देगा मगर पत्थर की बनाएगा लेकिन वैसे आंख नहीं बनाएगा लेकिन आप उससे कहेंगे कि यार वैसे ही आँख चाहिए जैसे इंसानों की होती है तो वो कह देगा भैया ऐसा काम हम नहीं कर सकते तो अल्लाह ताली कुरान करीम में कहते हैं वजा अल्ला मिनलमाकुलशिन है ये पानी पर कोई इंसान तस्वीर बना सकता नहीं बना सकता लेकिन अल्लाह ताला इसको करके दिखाता है कि एक गंदे पानी से इंसान को पैदा करता और है और अल्लाह ताला क्या कहते हैं फी मा सलास तीन तीन अंधेरियों में अल्लाह ताला पैदाइश करते हैं मां के पेट में नुफफा जाता वह नतफ्फा ठहर जाता उस ठहरने से उसके हाथ बनते हैं बच्चे के पैर बनते हैं और आंखें बनती हैं दिलो दिमाग बनता है बनता यहाँ तक के इस अंधेरी सी कोठरी में ना ही कोई मकैनिक होता है ना ही कोई इंजीनियर होता है ना ही कोई डेंट पेंट करने वाला होता ना ही कोई मजदूर बैठा होता जो उसके दांतों को जोड़ रहा होता जो उसके कानों को एल्फी से चुप चुपका रहा होता जो उसके दिल को पलास्तर कर रहा होता कुछ भी नहीं बड़ा से बड़ा बिल्डर भी नहीं कुछ भी नहीं और ऐसी अंधेरी कोठरी जगह में जहाँ उस माँ को भी नहीं पता कि हमारे पेट में क्या हो रहा है और अगर कोई देखना चाहे तो उसको सुई तलक नहीं दिखाई देगी लेकिन अल्लाह त्या करते हैं साथ में आसमान पर बैठकर उस बच्चे की पैदाइश करते हैं यहाँ तक कि अल्लाह उसी अंधेरी में कोठरी में ही उस बच्चे की देखने वाली आंखें बनाते हैं शगल बनाते हैं और सुनने वाले कान बनाते हैं सूखने वाली नाक बनाते हैं बोलने वाली जबान और चखने वाली जबान बनाते हैं घोट बनाते हैं इन सब चीज़ों को बनाने के बाद महीने के बाद नौ महीने के बाद तैयार कर देते हैं और वो दुनिया में आ जाता है तो अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम अपने आप को ज़रा गौर करो हम खुद तुम्हारे वजूद में ही हमारी अलामतें तुम पाओगे हर एक एक चीज़ हमारी कुदरत की तुम्हारे अंदर गवाही देगी कि हमने तुमको कैसे बनाया यहाँ तक कि हर एक, -एक चीज़ अगर आप च्यूटी को ही देख लें च्योंटी कितनी छोटी सी मखलूक है कितनी ज़रा सी काली सी मखलूक है उसके अंदर कितना सा दिमाग होगा कुछ भी नहीं और वो क्या करती है कि गर्मियों के दिनों में क्या करती है किस तरीके से अपना इस्टॉक कर लेती खाने पीने का सामान ताकि सर्दी और बरसात में बाहर न निकलना पड़े उसको ये समझ उसको किस किसने अदा करी यकीन वो अल्लाह है अल्लाह खुद और कहते हैं कि ये क्या तुम सोच रहे कभी इस आसमान की तरफ नज़र दौड़ाओ हमने देखो आसमान को किस तरह बनाया ज़मीन को हमने किस तरह बनाया और फिर आसमान में हमने क्या क्या चीज़ें बना दी सूरज बना दिए चाँद बना दी सितारे बना दी इन सब चीज़ों के ऊपर गौर करो ज़मीन ज़र्रों के ज़र्रों में से एक ज़र्रा है तेरह लाख ज़मीनें जब बनती हैं तब फिर एक सूरज बनता है याद रखो और वह सोचो सूरज अल्लाह तैसे आसमान में फिट कर दिया और वह सूरज कैसे रोशनी हमें देता है और वो कौन है जो उसको रोज़ाना पूरब से निकालता और पश्चिम में डुबोता है और वो हजारों साल से इसी तरह निकल रहा है कोई जापान का आदमी लगा हुआ है या कोई साइंसदान लगे हुए हैं जो रिमोट से उसको निकाल रहा है और फिर उसमें इतनी आग कहां से आ रही है बतलाते हैं उसकी जो एक किरण गिरती है वो लाखों आइटम बम जमीन पर गिराए जाने के बराबर है ज़रा सोचो और फिर उसमें इतने सालों से लकड़ियाँ या गैस या पेट्रोल का कौन इंतज़ाम कर रहा है? इन सब चीज़ों को देखने के बाद सुनने के बाद बेसाख्ता हमारी ज़बान पे जो एक लफ्ज आता है वो अल्लाह का आता है कि यकीनन ये सारी चीज़ें उसी के हाथों में हैं वही इसका खालिक है वही हम सब चीज़ों का मालिक है अगर इंसान चाँद को ऊपर गौर करे सोचो चाँद जो है ना शुरुआती दिनों में पश्चिम से निकलता और पूर्व में आके डूबता कौन है जो उसको रोज़ाना निकाल रहा और वो किस तरीके से हम लोगों को रोशनी दे रहा सितारों को जो कि इतने बड़े बड़े सितारे अल्लाह ने कैसे इसको आसमान में फ़िट कर दिया जो हम यहाँ से देखते हैं कितने हमें खूबसूरत से नज़र आते हैं क्या बेहतरीन मौसम होता सोचो ज़रा अल्लाह कहते हैं कि मक्खी के ऊपर ग़ौर करो शहद की मक्खी किस तरीके से ये मक्खी को हमने पैदा करा और हमने इसको कैसे इसको समझ अता करी ये मक्खी जो होती है ना ये आगे भी उड़ती है और पीछे भी उड़ लेती है और अजीब बात तो ये है कि जब ये छत्ते से निकल आती है तो बड़े बड़े हैरान हैं कि ये वापस छत्ते में अपने कैसे चली जाती है देखो ज़मीन का सफ़र करना तो आसान होता लेकिन बाय एयर सफ़र करना बहुत मुश्किल काम होता है ये तो टिक्नोमेट्रिक का जब तक हम इल्म नहीं सीखेंगे तब तक थोड़ी ना कर पाएंगे अभी अगर हम किसी से कहें आपको वहाँ जाना है तो हम ये बताएँगे वहाँ पहले पहुँचना और फिर इधर से लेफ़ ले लेना आप वहाँ पहुँच जाएंगे लेकिन हवा में अगर बताएँ तो हवा में थोड़ी ना पहुँच पाएंगे तो अल्लाह ताली ने उस मक्खी के लिए रास्ते को समार दिया मतलब जलील कर दिया उसको गुलाम बना दिया वो सूरज की रोशनी से पहचानती है कि हम जब निकले थे तब सूरज की रोशनी इतनी सी थी और जब हम वापस जा रहे हैं तो इतनी है इस तरीके से वो अपने घर में आसानी के साथ पहुंच जाती है तो ये सोचो उसके अंदर ज़रा सा दिमाग और उसको ऐसी समझ किसने अदा करी यकीन किसी इंसान ने नहीं करी है बल्कि वह उसका रब है वो उसका मालिक है जो हम सब चीज़ों का वो अल्लाह है उसने अता करी इसी तरीके से कोई सी बहुत सी किस्में अल्लाह ने पैदा कर दी जानवरों में ही अगर इंसान सर्च करे या गौर फिक्र करे तो वो करता ही रह जाएगा करता ही रह जाएगा इसी तरीके से एक जानवर है प्लेटी अल्लाह ने इस जानवर को बताओ क्या क्या खूबियां अता करी हैं ये जानवर बिल्ली से कुछ बड़ा होता है दुम और पैर मगरमच की तरह होते हैं मुँह इसका बततख जैसा होता है और ये जानवर क्या करता पानी और खुश्की दोनों में ज़िंदगी गुजारता अजीब बात तो इसकी ये है कि ये जानवरों की तरह मतलब परिंदों की तरह अंडे भी देता और जानवरों की तरह अपने बच्चों को दूध भी पिलाता जबकि अंडे देने वाला कोई भी जानवर अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाता लेकिन ये जानवर अपने बच्चे को दूध पिलाता तो सोचो अल्लाह ने कैसी अजीब व पैदा कर रखी है सिर्फ़ हम लोगों के समझने के लिए कि हर चीज़ में हमें अपना रब दिखाई दे हज़रत इमाम शाफाई रम्ल से पूछा गया कि तुमने अल्लाह को कैसे पहचाना तो आपने फ़रमाया मैंने एक शैतूत के पत्ते से अल्लाह को पहचाना वह शहतूद का पत्ता जब एक रेशम का कीड़ा खाता है तो उससे क्या निकलता है रेशम और जब वही शैतूत का पत्ता बकरी खाती है तो मिंगनिया और वही शैतूत का पत्ता जब हिरन खाती है तो उसके पेट में मुश्क निकलता मुश्क पैदा होता तो कहने लगे कि मैं ये समझ गया कि इस पत्ते में कुछ नहीं है इस पत्ते में कुछ नहीं है बल्कि ये सब चीज़ें करने वाला कोई और है, जो एक ही पत्ते से क्या कर दे रेशम भी बना दे और मिंगनिया भी निकलवा दे और मुश्क भी बना दे खुशबू जैसी वो समझ गए तो हजरत तो इमाम शाफ ने एक पत्ते से अल्लाह को पहचान लिया ना समझने वाला इंसान उसे कितने ही समझाओ लेकिन नहीं समझ सकता और समझने वाला इंसान अल्लाह की एक जरासी चीज़ को देखकर उसकी वहदानियत को समझ जाता है उसकी कुदरत को समझ जाता है फिर इसी तरीके से एक और वाक़ मैं आप लोगों को सुनाऊँ हज़रत इमाम अब हनीफा रहमतल्लाय का हज़रत इमाम अब हनीफा रहमतल्ला के ज़माने में एक ईसाई था वो खुदा को नहीं मानता था वो कहता खुदा नाम की कोई चीज़ है ही नहीं तो हज़रत इमाम शाफ़ी रहमत लाई ने उससे फ़रमाया कि हम इस बारे में तुमसे कुछ और दिन में गुफगू करेंगे और इतफाक़ से मह क्या कहते दिन और जगह तय पा गई और इमाम साहब के उस जगह पहुंचने में ज़रा सी लेट होगी और वो पादरी पहले ही पहुंच गया तो जब इमाम साहब ज़रा लेट पहुंचे तो उस पादुरी ने फरमाया कि आप क्यों लेट हो गए तो इमाम साहब ने फरमाया रास्ते में एक अजीब गरीब मेरे साथ वाक़ पेश आया इसी मैं लेट हो गया तो कहने लगे क्यार तो फरमाया कि मैं जब आ रहा था तो रास्ते में अपने आप एक दरख्त बगैर आरा चलाए कट गया और फिर बग़ैर आरा चलाए उससे क्या हो गए तख्ते भी बन गए और फिर वो तख्ते बगैर किसी बढ़ई के त... न, कश्ती भी बन गई और वो कश्ती बगैर किसी मल्ला के दरिया में भी चलने लगी तो वो इस पादरी ने जब इनकी बातों को सुना तो वो हैरान हो गया कहने लगा झिझला उठा कहने लगा आप ये कैसी बातें कर रहे नो वे ऐसा नहीं हो सकता तो आपने फरमाया हम हम यही तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं हमारी बहस आज यहीं पर ख़त्म होती है तो वो पादरी क्या कहने लगा कि ऐसा हो ही नहीं सकता बग़ैर किसी मतलब आरा के पेड़ कट जाए फिर बढ़ई के कश्ती बन जाए फिर बगैर किसी मल्ला के दरिया में चलने लगे कहने लगे मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मेरे भाई बगैर किसी के कुछ नहीं हो सकता ये जो आसमान ये जो चाँद और ये सूरज जो निकल रहे ना यकीन वो अल्लाह ही निकाल रहा है बगैर उसके कुछ नहीं हो सकता तो इसी तरीके से मेरा भाई बहुत सारी मिसालें हैं बहुत सारे चीज़ें हैं हर एक, एक चीज़ कायनात में अपने रब की गवाही दे रही है लेकिन हमें समझना है अगर हम मुर्गी की बात करें तो देखो मुर्गी किस तरीके से अंडों के ऊपर बैठती है और उस जब हम अंडे को फोड़ते हैं तो उसमें कुछ होता है एक सफ़ेदी एक जर्दी बाकी उसके अलावा कुछ नहीं लेकिन अल्लाह उसी अंडे से चूजे भी निकाल देता है मुर्गी किसी तरीके से भीट करती है 21 दिन तरीके से बैठती है घुमा घुमा के अंडे को तब जाके 21 दिनों के बाद वो चूज़ा निकलता है तो मेरे भाई ये समझ उसको किसने अदा करी है उसके अंदर कोई दिमाग थोड़ी ना कुछ भी नहीं है हम इंसानों पास जब इतना बड़ा दिमाग है नहीं समझ पा रहे उसके पास तो ज़रा सा दिमाग है और ये समझ उसको किसने अता करी यकी ये सब अल्लाह ने अदा करी तो भाई इन सब बातों को बदलाने का मकसद यह है कि हम किसी तरीके से अल्लाह को पहचाने और उसकी फर्माबर्दारी करें उसकी इत करें उसने जिन कामों से हमें रोका है उससे हमें रुकना है और जिसको कहा है उसको करना है देखो अल्लाह ताला कहते हैं मनहा खलक हमने तुमको मिट्टी से पैदा करा वफ़ी हा और हम वापस तुमको मिट्टी कर देंगे अब देखो इतनी सी बात तो हमें समझ में आती है कि हमने हमको मिट्टी से पैदा करा समझ में आता वापस मिट्टी कर देंगे ये भी समझ में आता कि हम कब्रस्तान चले जाएंगे लोग हमें छोड़ जाएंगे वहाँ हमारे जिस्म को कीड़े मकोड़े खाएंगे फिर वो कीड़े मकोड़े भी ख़त्म हो जाएंगे फिर वो कुछ दिनों के बाद एक हड्डी बाकी बचेगी एक वो हड्डी भी ख़त्म हो जाएगी फिर मिट्टी मिट्टी हो जाएंगे इतनी तो बात समझ में आती है तो अल्लाह बस इतना ही कह देता है कि तुम दोबारा मिट्टी हो जाओगे तो हमें आज बहुत खुशी होती है हम लोगों को फिर हम भी कहते हैं आपसे कि खूब अयाशी करो खूब मज़े से अपनी ज़िंदगी काटो कुछ भी करो हम भी आप लोगों को लड्डू खिलाते हैं लेकिन अल्लाह ने जो एक आयत इसके बाद ज़बरदस्त कही है वो कही है वमिन हा नुरे जो कुम अल्लाह तुमको रिवर्स लगाएगा और वापस तुमको इसी मिट्टी से दोबारा ज़िंदा कर देगा और फिर तुमको अपने सामने हाजिर कर देगा और बदलाएगा क्या तुमने करा है और क्या नहीं करा है जो अच्छे अमल करके जाएगा उसको वैसे ही जजा मिलेगी और जो बुरे बुरेमल करके जाएगा उसको वैसे ही सज़ा मिलेगी तो मेरे भाई ये दुनिया एक फ़ानी है दुनिया एक ना एक दिन हमको छोड़ना ही है अभी जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं या जो सुन रहे हैं वो एक दिन क्या होंगे यहीं पर बैठे नहीं होंगे बल्कि क्या होंगे एक जगह लेटे होंगे कबरों में कबर के अंदर लेटे होंगे तो मेरे भाई खुशकस्मत वो इंसान होता है जो मरने से पहले पहले इन सारी बुराइयों से बच जाए इन सारी बुराइयों को छोड़ दे और अपने रब को राज़ी कर ले तो अल्लाह को तहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तोफी का दफाफर